डॉक्टर साहब बड़े डेंजरस है का बोलते ही नहीं आप भाई साहब यहाँ दवा कराने आए हैं और आप भाई साहब आप दवा कराने आए हैं यहाँ हम यहाँ के कंपाउंडर है हम यहाँ के कंपाउंडर हैं लेकिन सकल से तो मरीज लग रहे हैं सकल से तो आप भी गधे लग रहा है तो क्या आप गधे हैं आप गधे तो नहीं है लेकिन जो बोलता है वही होता है क्या जो बोलता है वही होता है मतलब हम गधे हैं <laughs> है? हम गधे हैं और क्या देखो इस है क्लीनिक में आओ कायदे बैठ लियो उठा के बाहर नालिम फेंक देंगे कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा भड़क कह रहे हैं हमने तो इसलिए आपको मरीज बोला था भाई कि ये आप मरीजों की जगह पे बैठे हैं हैं अगर आप कंपाउंडर हैं तो बैठे हैं बैठने की थोड़ी सैलरी मिलती है है कि नहीं भाई साहब हैं तो क्या नहीं नहीं तो क्या मरीज के बैठने की जगह तो क्या हम नहीं बैठ सकते हैं अरे तुम हमारी बात छोड़ो बगल में डॉक्टर बैठे उनको नहीं देख रहे हो हम ही मिले तुमको लबाने के लिए बात करते हैं ऐसा हमारा दिमाग ना छाटो हमारे पास इतना दिमाग नहीं चाट चाट के तुम बराबर करोगे और हम करने देंगे उनके पास ज्यादा दिमाग उनका दिमाग चाट लो जाके नहीं बता दिया अरे आप डॉक्टर हैं हाँ है हम डॉक्टर हैं हम हैं डॉक्टर लेकिन हमसे इस तरह से बात नहीं करोगे जिस तरह से बात हो रही थी हमारा कोई दिमाग नहीं चाटेगा बता दे रहे हैं हम मेरा दिमाग इतनी तेज गर्म है इतनी तेज गर्म है कि अगर आपने दिमाग चाटने की कोशिश की आप लोगों ने सबकी एक एक करके सबकी जीप जलेगी सबकी बताया बताए जितनी नोटंकी करनी है सब आपस में कर लो हमारे साथ कोई नहीं करेगा तो यहाँ हैं आप अंदर जाइए तो लोग अंदर किसको दिखाने चले गए अरे यार हम बगल के डॉक्टर है यार दिमाग ना खराब करो यार हमारा तो यहाँ का बैठे आप ऐसा है हमारा कंपाउंडर आज बहुत लेट आया और चाबी लेके आया नहीं जो कि मेरी क्लिनिक की है मेरी क्लिनिक की चाबी उस कंपाउंडर के पास है घर में वो लेने गया है अब तक आया नहीं है फोन मिला रहे हैं दस बार मिलाते थे बिजी है खुद कभी बिजी रहता नहीं फोन हमेशा बिजी हमारी क्लिनिक सात बजे खुल जाती आज अभी दस बज रहा है बाबू आए नहीं चाबी लाए नहीं गेट खुला नहीं आधे पेशेंट हमारे रोड पे बैठे आधे गेट पे बैठे हैं कुछ चढ़े ऊपर पेड़ पे बात करते हो हम यहाँ बैठे सड़ बत्ती बत्ती रहे बंदर जैसी लगती है न क्या कहा आपने अरे हम इनसे कही रहे बंदर जैसी लगती है मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है हाँ। भाई साहब आप बताइए मेरी बंदर जी से लगती है <laughs> भाई साहब इधर आपकी तो पूरी बंदर लगती तू कॉपी oh अरे हटो यार आप आप बताइए मेरी सकल बंदर जी से लगती है नहीं तो कौन कह रहा आपकी शक्ल बंदर जैसी लगती बिल्कुल भी आपकी शक्ल बंदर जैसी नहीं लगती आप धन्यवाद धन्यवाद आप बताइए मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है बोलिए अरे बोलिए ना क्या क्या हो गया क्या हो गया बोलिए ना सस्पेंस में क्यों है आप बताइए अच्छा आप बताइए मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है सही बताएं तो हम जब यहाँ आए थे तो हमको लगा था कोई पालतू बंदर कपड़े पहनकर बैठा हुआ है और हम उतनी देर से डर रहे थे कि ये बंदर हमको काटना ले और अब पता चला है कि आप डॉक्टर हैं आपकी शकल बंदर से नहीं मिलती बंदर की शक्ल आपसे मिलती है धन्यवाद आ, आप भी बता दीजिए कंपाउंडर भाई साहब कि इनकी शक्ल बंदर इसे लगती की नहीं ऐसा है, उठाक नालिम को उठाने वाला नहीं नहीं मिलेगा। हमसे नहीं ना। अरे हम पूछ तो रहे चलो अच्छा ठीक है देखिए डॉक्टर साहब सिद्ध हो गया कि सब लोग कह रहे हैं कि आपकी सकल बंदर से मिलती है बस एक ही भाई साहब ने नहीं कहा भाई साहब आपने बंदर नहीं देखा क्या आप क्यों कह रहे हैं इनकी शक्ल बंदर जिसे नहीं लगती देखिये बात यह है कि हम ये कह रहे थे उस वक्त की इनकी शकल बंदर से नहीं मिलती है इनकी शकल काले मुंह वाले बंदर से मिलती है बंदर की भी प्रजातियां होती है ना एक बंदर होता है काले मुंह वाला बिल्कुल उस पर हैं हमारे गांव में पड़ा है तो हम जानते हैं वही हम कह रहे थे ये बीच में तो दिए थैंक यू थैंक यू कहने लगे तो चले गए हम बोल ही नहीं पाए अब हम बोले